राष्ट्र के वो डीज़े राज्यू नाम ये सूत्र है रावल जगढ़ सर तड़े

goes by the tower brothers on the track

natura seera aser do beta tera mera pyar mil jaare mil jaa jeetu arniam

पन्या

अरिया